और ये माल की कमी को भी ना पसंद नापसंद कारोबार का झटका आया और पहले करोड़ों में था अरबों में था अब ये लाखों में रह गया ये से भी नीचे चला गया। वो इसे यक्रल माल माल की कमी को तो ना पसंद करता है लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हो जो हकीकत में इस दुनिया की हकीकतों को जानते हैं वो क्या फरमा रहे आका करीम इस्लामा वक्रत माल कील लतुल हिसाब जबकि माल की कमी तो कल हिसाब की कमी का बायस होगा कल के आमद के दिन उसका हिसाब भी तो थोड़ा होगा जिसके पास माल थोड़ा होगा आज तो इंसान को अच्छा नहीं लगता वो तो चाहता है मैं लाखों करोड़ों अरबों खरबों की जायदादों का मालिक बन जाऊ प्लाजे मेरे हों कारोबार मेरे हो मैं सबसे बड़ा शहर का ताजिर बन जाऊं लेकिन हजूर मानी ये नापसंद करता है जिसको झटका कारोबार का लगे और माल कम हो जाए इसको नापसंद करता है लेकिन अगर माल कम हो गया हुजूर तो कल हिसाब भी तो कम हो तो ये दुनिया अच्छी है अगर हलाल जराये से बेले बल्कि ने तो एक हदीस में ये फरमाया फरमाया कि अगर किसी शख्स ने हलाल माल ही कमाया और उसके कमाने के तीन मकासद थे फरमाया कि इसलिए उसने कमाया कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मोहताजी की रसवाई ना देखनी पड़े या फिर उसने इसलिए कमाया कि अपने अहलोल की अच्छी कफालत कर सको या फिर फरमाया कि उसने इसलिए कमाया कि वो अपने हमसाय के ऊपर मेहरबानी कर सके मोहताजी से बचने के लिए अपने अहलो याल पे खर्च करने के लिए या फिर अपने हमसायों पर मेहरबानी करने के लिए मैं जिसने इन तीन नीयतों के साथ कमाया और मैं कल क्यामत के दिन जब रब की बारगाह में हाजिर होगा उसका चेहरा चौदहवीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा अल्लाह अल्लाह के जन्मों को देखने के लिए आ रहा है उसको पहले से तैयार किया जाएगा और उसका चेहरा चौदवी रात के चांद की तरह चमक रहा हो जो मजदूरी करता रहा मेहनत करता रहा हराम का लुकमा नहीं उसने कमाया औलाद को पालता रहा हमसायों की मदद करता रहा कभी उसने किसी के आगे सवाल नहीं किया अपना हाथ नहीं किसी के आगे फैलाया रब से मुलाकात का वक्त होगा उसका चेहरा चौदवी रात के चांद की तरह चमक रहा हो अगली हदीस का दूसरा जुज्जा जो मैं आपको सुनाना चाहता तो हूँ हदीस का दूसरा जो सुनिएगा और मैं जिस शख्स ने हलाल ही कमाया सो हलाल कमाया लेकिन कमाने का मकसद क्या था फरमाया दूसरा उसका कमाने का मकसद था कि मैं लोगों में तफखुर का सबब बन जाऊं लोगों पर फखर करूं मेरे पास लाखों करोड़ों बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा प्लाजा मेरे पास मेरी माल की कसरत तो मुझे जो है वो देखें और मैं जो है वो इस पर आगे निकल जाऊं और तफखर का सबब बन जे मेरे फ़... मेरे लिए फखर का बायस बन जाए माल की कसरत कमाया हलाल है हराम नहीं कमाया सो फीसद खालिश कमाया है लेकिन कमाया मकसद क्या था मैं ऊंचा नजर आऊं मेरा फखर का सबब बन जाऊं लोगों में तो जब ये कल क्यामद के दिन आएगा अल्लाह इससे नाराज हो हलाल कमाया लेकिन नीयत क्या थी माल बढ़ जाए लोगों में तफखर का सबब हो मेरा माल इसका माल कल क्यामत के दिन जब आएगा ये अल्लाह इससे राजी नहीं होगा और मालिक की रहमतेंगे और मुझे बताओ जिससे कल क्यामत के दिन रब नाराज हो गया तो क्या उसके लिए कोई ठिकाना होगा तो मैं और आप अगर हलाल भी कमा रहे तो मकसद जरूर डिफाइन करेंगी तीन मकासद के अलावा माल जमा करना जिंदगी का दुनिया का इंतहाई अहमकाना कौन होगा मकसद वाजी होना चाहिए मैंने कमाना किस मकसद के लिए अपने लिए अपने बच्चों के लिए और फिर इससे आगे कमाने का शौक आ जाए तो माशे के वो पिसे हुए तबकात, जिनको कोई पूछता नहीं है वो माजूर वो लाचार वो गरीब वो यमा वो मसाकीन, तुम उनके लिए अच्छे कफील बनके, उनकी दहलीज पे पहुंच सको तो ये तीसरा मकसद है और इसके अलावा किसी और मकसद के लिए माल कमाना यह कीमती जिंदगी को बर्बाद करना है